दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ढाई कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं यूपीएससीकोनॉमिक्स ऑप्शन का इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकनॉमिक्स की जो वेकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है देखिए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट में आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होंगे हालांकि मार्केट में कई सारी बुक्स भी हैं मैंने भी कई सारी बुक्स बाई की हुई हैं मेरी अलमेरा में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की हैं जो कहते हैं कि ये बुक्स में आपको सारा ही यू जी सी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस मिल जाएगा लेकिन मॉरलाइस अगर आप देखा जाए तो कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जो मार्केट में जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करे अगर आपको अच्छी तरीके से सिलेबस कवर करना है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक लेनी पड़ेगी एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ यू नेट का जो सलेबस है देखिए यू नेट में दो पेपर होते हैं पेपर वन पेपर टू पेपर टू इकोनॉमिक्स का पेपर होगा हम बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो हमारे चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स का ही मिलेगा और हम यहाँ पे आप बच्चों को इकोनॉमिक्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं तो टेन यूनिट्स हमारी होंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेटिक्स एंड इकोमेट्रिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इसके अलावा इंटरनेशनल इकनॉमिक पब्लिक इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी इंडियन इकोनॉमी तो ये पूरा का पूरा पोर्सन है जो आपको पढ़ना होगा अलग अलग वीडियो बना के भी हम बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है कहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो माइक्रो इकनॉमिक्स में कहाँ पढ़ना है कहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो लेकिन इस वीडियो में हम आपको मोरल एस ओवरव्यू दे रहे हैं देखिए हालांकि जब मैंने शुरू किया था आ, पढ़ाना तो मैंने भी कई सारी बुक्स को बाई किया लेकिन अच्छी बुक्स चूँकि अब मैंने पूरा कोर्स ऑलरेडी तैयार किया हुआ है यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं एक बार दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं इस कोर्स को हम हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही हमने कोर्स बनाया हुआ है तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल सर की बुक अच्छी है काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप हिंदी में हो तो भी आप इस बुक को ले सकते हो इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी एच एल सर की बुक काफ़ी अच्छी है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आपके मनी और बैंकिंग में जो मनी वाला पोर्शन है उसमें भी काम आ जाएगी और बैंकिंग के लिए आप चाहे तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं चाहे तो भोले सर की एक बुक आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा स्टेटिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स के लिए एसपी पी गुप्ता सर की बुक भी आती है और डॉक्टर और गुजराती सर की बुक से आपकी अर्थमिति यानी कि स्टेट इकनॉमेट्रिक्स कवर हो जाएगी इसके अलावा मैथमेटिक्स आप बेसिक्स है सिंपल एनसीईआरटी से भी आप कवर कर सकते हो और कुछ एडवांस है वो हम आपको कवर करा देंगे इसके अलावा इंटरनेशनल इनॉमिक्स के लिए एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए रामायण वर्मा की बुक आती है काफ़ी अच्छी बुक है मैंने पढ़ी हुई है मैंने भी उस बुक का यूज़ किया है तो आप वो वाली बुक भी यूज़ कर सकते हो पब्लिक इकनॉमिक्स के लिए एच भाटिया सर की बुक आप यूज़ कर सकते हो इसके अलावा इन्वायमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी के लिए देखिए कोई एक बुक हमने यूज नहीं की काफी सारी बुक्स यूज की है इंटरनेट का भी सारा लिया है तो वो भी हम आप बच्चों को बता देंगे इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के लिए भी आप रमेश सर रमेश सिंह सर की बुक यूज़ कर सकते हो इसके अलावा टी आर सर की बुक भी आती है वो भी यूज कर सकते हो इसके अलावा आप इंटरनेट uh, का भी सारा ले सकते हो प्रतियोगिता दर्पण आती है वो भी आप यूज कर सकते हो तो देखिए ये सारी बुक्स आप कवर करोगे छः महीने कम से कम आपका समय चाहिए यू नेट कवर करने का हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि कई बार छः महीने के बाद हो सकता है आपका एग्ज़ाम के लिए ना हो तो आपको और छः महीने तैयारी करनी चाहिए और फिर भी क्लियर ना हो तो फिर और तैयारी करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि यू जी नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा बहुत आसान पेपर आने लगा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ठीक तरीके से कवर करोगे तो आपका यू जी नेट का एग्ज़ाम कवर हो जाएगा यू जी नेट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने की सबसे बड़ा फायदा बच्चों को ये होगा एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगी सब्जेक्ट को लेकर इसके अलावा अगर आप किसी और कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हो पी जी की भी तैयारी कर रहे हो या कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो मॉरलाइस आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है हालाँकि कई एग्जाम बोर्ड में थोड़ा एडवांस भी आता है जैसे राजस्थान में आ, अगर आप पी की भरती के लिए जा रहे हो तो आपको आ, आ, मुंडेल फ्रेमिंग भी पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके यहां पे नहीं है लेकिन मोरलास्ट आप देखे तो काफी तैयारी आपकी इनसे हो जाएगी अब इस सब में मैं आपकी तैयारी कैसे करा सकता हूं बच्चों इसके लिए हमने क्या किया एक कोर्स बनाया हुआ है दो कोर्स बनाए हुए हैं बच्चों ये ये एक कोर्स है हमारा YouTube चैनल पर भी आपको मिलेगा काफी कुछ और सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा हम YouTube पर प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे यूनिट वाइज होंगे यानी कि अब हम जो स्टार्ट करेंगे यूनिट बनाना वो माइक्रो इकोनमिक्स बनाएंगे तो माइक्रोकोनॉमिक्स के अंदर भी हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है कहाँ कहाँ से रेफरेंस लेना है अब हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रही है तीन दिन हमने डिसाइड किए हैं मंडे वेनजडे एंड सॉरी मंडे ट्यूजडे एंड वेनजडे ये मंडे ट्यूजडे वेनेसडे के दिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी सी वीडियो मिलेगी, यानी कि जो भी वीडियो रिलीज होगी मंडे ट्यूसडे, ट्यूजेडे को वो यूजीसी नेट से होगी। इसके अलावा चार दिन हमारे जो बचते हैं यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये वाला जो हमने दिन बनाया वो यूपीएससी यू, के लिए बनाया हुआ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तो बच्चों इस तरीके से यानी कि हम चार दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए देंगे और तीन दिन यूजीसी नेट के लिए देंगे तो इस तरीके से हम सेवन डेज हम काम करेंगे और आपको सेवन डेज लगातार वीडियो मिलती रहेगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं सिस्टमेटिकल तरीके से काम होता रहेगा तो बच्चों अपने कोर्स के बारे में हम आपको बता रहे थे दो कोर्स हम आपको लॉन्च किए हैं इसमें से पहला कोर्स है जो वन ईयर वैलिडिटी के साथ है, दूसरा कोर्स सिक्स मंथ वैलिडिटी के साथ है। कंटेंट में कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर आपको सेम वीडियो सेम नोट सेम कंटेंट मिलेगा इसलिए जो कोर्स है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है यानी कि अगर आप एक बार कोर्स बाय करते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कोर्स मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप कोर्स बाय करोगे तो हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा दोनों ही में ही पूरा कोर्स तैयार है सब कुछ ऑलरेडी रेडी है नोट्स रेडी है टेस्ट सीरीज इसमें तैयार है बस आपको सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ना है इसके अलावा वीडियो कोर्स के अलावा आपको चैप्टर वाइज पी डी नोट्स मिलेंगे इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी और लाइव डाउट सेसन है वो भी हम डिस्कस करेंगे अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो हम वीकली हफ्ते में एक दिन हमने क्लासेस के हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे जल्दी इसका और जो भी हमारी डाउट्स होंगे वो वीकली हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो पास्ट के पेपर हैं वो भी सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों इन चीजों में आपको सेम कंटेंट मिलेगा तो अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर आपको जितने भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे अगला एग्जाम जो भी देंगे वो सबके साम होंगे जिससे कि आपका डाउट डिस्कशन भी हमारा लगातार चलता रहे बच्चों तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा कोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके का आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारी अप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लेनी चाहिए इसके अलावा हमारी वेबसाइट है विष्णु इकनॉमिक यहाँ पर हम आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहे हैं तो आपको स्टोर के अंदर चले जाना है और स्टोर के अंदर देखिए ये वाला जो कोर्स है दिस वन मैं आपको दिखा देता हूँ दिस वन ये वाला कोर्स यू जी नेट का है आप चाहो तो यहाँ पे यू जी नेट सर्च करके भी ये कोर्स आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला कोर्स है यू नेट का ये वन ईयर वाला कोर्स है सिस्टमेटिकल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कोर्स के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा कंटेंट के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम मिलेंगे इंग्लिश मीडियम के अंदर आप जाइएगा तो इस तरीके से वीडियो टेस्ट सीरीज इसके अलावा पी नोट्स और पास्ट ईयर के पेपर्स आपको चारों चीज़ें मिलेंगी अगर मान लीजिए कोई चीज़ इसमें और जोड़ने की है तो वो हम जोड़ेंगे कोई चीज घटाने की है तो वो घटाएंगे एक कॉम्पैक्ट कोर्स बनाएंगे जिसमें आपको फिजूल की चीज़ें ना पढ़नी पड़े केवल वही चीज़ें पढ़नी पड़े जो आपके एग्जाम्स को हिट करती हो तो ये वीडियो कोर्स है बच्चों यहाँ पे जैसे माइक्रो है मैक्रो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स पब्लिक फाइनेंस मनी बैंकिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स स्टेटिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स एंड मैथमेटिकल तो ये पूरी तरीके से ऑलरेडी बना हुआ कोर्स है हालांकि हम इसको एक बार रिव्यू कर रहे हैं जो वीडियो हमारे लिए मतलब कि नहीं है वो हटाएंगे कुछ चीज़ें जोड़ेंगे और बिल्कुल न्यू फ्रेश कोर्स आप बच्चों के लिए बना के देंगे जैसे मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप चले जाते हैं तो माइक्रो इकोमिक्स के अंदर भी आपको देखिए अलग अलग ब्लॉग मिलेंगे जैसे जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी तरीके से हमने इसको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है इसके पी डी नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट सीरीज भी आप फिल कर पेपर मतलब चैप्टरवाइज हम बना बना रहे हैं जिसे भी आप कर सकते हो तो इस तरीके से कम्प्लीट आपको कोर्स मिलेगा और बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस में ये कोर्स अवेलेबल है इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वैरी रह जाती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बच्चों इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिएगा और डेफिनेटली अगला जो आपका एग्जाम है यू जी नेट का वो क्रैक कर रही मैं ऐसी उम्मीद प्रभु से करता हूँ इस वीडियो में इतना ही थैंक यू